हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आईओब आप हो अच्छे होंगे तो जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक वीडियो लेकर के आता रहता हूं तो वैसे ही आज मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक कोलपैड का फ़ोन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये देख सकते हैं कोलपैड का एक फ़ोन है नोट एट इसका मॉडल है मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा दूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं है, ये का फ़ोन है नोट एट ये मॉडल है इसमें लगी हुई है Google अकाउंट तो इसकी Google अकाउंट हम बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Google अकाउंट लगा हुआ है कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं वेलकम टू तो योर वन ये इसका मॉडल नंबर है ये है नोट एट कोलपैड का नोट 8 फोन है जो कि इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है तो इसके हम गूगल अकाउंट को रिमूव करेंगे तो मैं आपको इसके एफ दिखा देता हूं कि इसमें फ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है इसमें गूगल अकाउंट आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा मैं इसकी बहुत ही तरीके से एफ रिमूव करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसमें फारे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है इसमें गूगल वर्न आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा मैं इसकी बहुत इजी तरीके से फार बी रिमूव करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किरण थोड़ा धीरे बात करना धीरे तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि मैंने वहां पे आपको दिखाया हुआ है सारी चीज़ें यहां पे तो मैं यहां पे आपको यूएम से इसकी एफ आर पी रिमूव करने वाला हूं लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने यूएम से देखते हैं कोई रद आता है कि नहीं आता है या 100% होता है कि नहीं मैं तो जो भी करता हूं आपके सामने लाइव करता हूँ तो एक छोटा सा अपडेट की अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो चलिए फ्रेंड्स मैं यूएम को लगा लेता हूँ और यूएम को लगाने के बाद यहाँ पे खोलेंगे अल्टीमेट फ्लैसर को ओपन करेंगे क्योंकि अगर हम इसमें मीडा सीपीयू लगा हुआ है ये सारा चीज आपको भी पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा सीपीयू है कैसे काम करते हैं सारा चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मिसिंग स्मार्ट कार्ड तो एक बार फिर से हम रन कर लेते हैं क्योंकि हमने उसको लगा दिया है और उसके पहले ही शायद मैंने रन कर दिया होगा तो यहाँ पे मिसिंग स्मार्ट कार्ड कर रहा है तो एक बार आप डोंगल्स को निकाल लें और फिर से इन कर लें और उसके बाद फिर से वापस से अपना टूर ओपन करें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ड्राइवर का एरर कुछ आता है स्मार्ट कार्ड या फिर जो भी कुछ ऐसा एरर आता है तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है बेसिकली विंडोज़ 10 में एक अच्छी खास बात है कि जल्दी कोई ड्राइवर का ईसू नहीं आता है अगर आपके पीसी में में जगह को बोलते बोलते यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा तो फ्रेंड्स अब हमें सिंपली क्या करना है सीधा और सीधा हमें टूल एंड पे जाना है जैसे कि आपको पता है गाइडलाइन के तहत अब उसमें आपको अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है कोल तो यहाँ पे हम अपना कोल पैड को ले लेते हैं कोल पैड हमने सेलेक्ट कर लिया है अब यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो नोट 8 है तो हम अपना नोट 8 मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं नोट 8 मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद और सिंपल और सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड रिसेट एफआरपी रिसेट एफआरपी पे आपको टेक कर देना है उसके बाद आपको सिंपल सिंपल ये यू एस बी केवल के अंदर अभी कोई मैंने की प्रेस नहीं किया हुआ है सीधा मैं यू एस को लगाऊँगा और यूएस बी केवल हमने डायरेक्टली लगा दिया है देखिए हमारा ये पोर्ट कनेक्ट हो गया है कोई भी हमने बूट की प्रेस नहीं किया है जैसा कि आप देख सकते हो और यहाँ पे अगर आप डिवाइस मैनेजर की बात करें डिवाइस मैनेजर में भी आप देखोगे तो ये देख सकते हैं FRP आर पी डन यू हमारा बहुत ही बेस्ट डोंगल है मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉल का मेडिया काफी सारे जो इसमें अपडेट आया हुआ है बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट रोल है जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने डाटा केवल को निकाल दिया है एफआरपी रिसेट डन हो चुकी है जो कि इतना बेस्ट है ये नोट एट आप यहां पे देख सकते हैं कॉल पेड नोट एट ये सोलह अठारह वन एट सिक्स वन तो ये बहुत इजीली तरीके से हमारा यहां पे अनलॉक हो चुका है बिना सेफ अब हम फोन को आपके सामने ही इसको ओपन करते हैं लाइव ये देखिए ओपन हो चुका है अब ये देखते हैं कि इसका एफ आर पी रिमूव हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें फ्रेंड्स तो चालू हो जाएगा जैसे चालू हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि ये जो हमारा कोल पैड का नोट एट था उसकी एफ रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड तो बस जस्ट ए सेकेंड ये फोन हमारा ऑन हो चुका है आई होप ये कैमरे से आपको इतना क्लियर कट तो नहीं दिख रहा है पर फिर भी आ, दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं तो ये फोन हमारा ऑन हो चुका है बेसिकली तो मैं फ्रेंड्स आपको तो चलिए मैं फ्रेंड्स इसको अपने आ, फोन के द्वारा आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फाइनली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये हो चुका है तो हमें करेंगे सेटअप पे और यहाँ पे जस्ट चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स आपके सामने लाइव बनाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो रहा है अब ये एफ अगर रिमूव हो गई होगी तो स्किप का बटन आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एफ जॉब डन हो चुका है हमारा यहाँ पर तो हम कर देते हैं इसको स्किप स्किप कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पर जस्ट सेकेंड यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर भी कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पर कर देंगे स्किप यहाँ पे भी कर देंगे स्किप और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे भी कर देंगे फिनिश तो ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये जॉब टर्न हो चुका है पीछे आपने देखा वहाँ पे हमने सारी चीज़ कर दिया है बहुत ही तरीके से एफआरपी रिमूव हो चुकी है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही इजिली तरीके से तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना बोले थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में